हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस पहले ब्लॉक में जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए तो आज मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ यहाँ का आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा हुआ है यहाँ पर